नमस्कार स्वागत अभिनंदन है दिनांक 9 नौ, नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में शनिवार दिन रहेगा क्या कुछ कहता है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का हाल और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें उपाय दर्शकों आज एक विशेष प्रयोग बताएंगे कि यदि शनिदेव आपको बहुत खराब फल दे रहे हैं तो उनके लिए दिव्यतम प्रयोग क्या है अंत तक बने रहिएगा दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि मुंबई और दिल्ली का हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है आप लोग आकर के मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट आप लोग अभी अब बुक करा सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी दृष्टि डालते हैं तमाम दर्शकों के यक्ष प्रश्न होते हैं पंडित जी राशिफल किस पर आधारित है तो चंद्र राशि पर हमारा ये राशिफल आधारित है दर्शकों आप देखिए कार्तिक जो है शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी द्वादशी तिथि रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी 9 नौ नवंबर दिन शनिवार रहेगा और सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर पच्चीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर पंद्रह मिनट पर नक्षत्र रहेगा उत्तरा भादपद इसके उपरांत रेवती नक्षत्र बुद्ध का नक्षत्र रहेगा कर रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो और अंतिम करर जो रहेगा ये रहेगा तैतिल करर दर्शकों योग रहेगा हर्षण इसके उपरांत व्रज योग रहेगा शनिवार दिन रहेगा त्रयोदशी तिथि के बारे में हमने देखिए आप लोगों को बताया था कि बैगन का सेवन त्रयोदशी के दिन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही होती है और द्वादशी के दिन मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए तो इसका आप लोग दर्शकों ध्यान रखिएगा प्रयास करिएगा कि आज बैगन का सेवन किसी भी प्रकार से ना करें मॉर्निंग में क्योंकि देखिए दर्शको द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर दो मिनट तक तो मॉर्निंग में कोशिश कीजिएगा कि मसूर की दाल का सेवन मत करिएगा और शाम के समय बैगन की सब्जी किसी भी प्रकार से मत खाइएगा शास्त्रों में जिन चीज़ का निषेध है तो हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी हैं उन्होंने यदि कुछ सूत्र दिए उन्होंने उन्होंने यदि कोई जो है जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि भाई कुछ चीज़ें तो उनकी हम लोग माने तो त्रयोदशी को बैगन मत खाइएगा शनिवार को जो दिशाशुल रहेगा ये पूर्व दिशा की ओर दिशाशुल होता है पूर्व दिशा की ओर आपको अगर कोई कार्य करते हैं तो कांटे आपके रास्ते में बिछे रहेंगे आप जाएंगे तो आपके चुभ जाएंगे लेकिन दर्शकों कांटे आपके पैर में ना चुभे तो सूज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उपाय भी हम आपको देंगे उपाय क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अदरक का सेवन कर सकते हैं काले तिल का आप सेवन कर सकते हैं या दर्शकों यदि अदरक बहुत कडवी आपको लग रही है तो अदरक वाली चाय पीकर के निकल सकते हैं आधुनिकता में देखिए दर्शकों उपाय भी अब जो है इसको थोड़ा सा इस पर पॉलिश करना पड़ता है तो आप लोग अदरक वाली चाय पी के भी निकल सकते हो पहले आप पश्चिम की ओर चार पक चलिएगा तदउपरांत पूर्व दिशा की ओर जाइएगा दर्शकों आज का राहु का काल क्या है तो जो शनिवार का देखिए दर्शकों राहु काल होता है शुभ समय है ये सुबह नौ बजकर सात मिनट से लेकर के दस बजकर उनतीस मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो कोशिश कीजिएगा विजय मुहूर्त में कीजिएगा दोपहर एक अड़तीस से लेकर के दो बाईस का जो समय रहेगा ये विजय मुहूर्त का रहेगा इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह से लेकर के बारह तक का दर्शकों ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके जो प्रभावी है आप के जो है स्थान के हिसाब से से कुछ समय थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। अपने राशिफल भर, राशिफल पर, लेकिन पहले रूठे शनिदेव को कैसे मनाएं इस पर आज हमारी चर्चा का विषय है देखिए दर्शकों शनिदेव हैं न्याय के ग्रह तो कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि आपके अंडर में जो लोग भी कार्य करते हैं उनसे सबसे पहले तो आप ऊंची आवाज में बात ही मत करिए आप बड़ा सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक क्योंकि जब आप उनको आदर देंगे तो शनि देव का जो प्रकोप है वो शांत होगा दूसरा दर्शकों सपोज करिए आपके घर पे आपने कोई जो है लेबर ले आए हैं या आप जो है कोई काम उनसे करवा रहे हैं और आप उनकी मजदूरी मार लेते हैं नहीं देते हैं समझ लीजिए कि आप चाहे आपके शनि चाहे उच्च के हैं कोई मतलब नहीं है कोई मतलब ही नहीं है उनके प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता तो आप न्याय करिए क्योंकि शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप काफ़ी सम्मानित तत्व में हैं यदि आप जुडिशरी में भी हैं जज हैं या अधिवक्ता हैं और आप गलत जो है मतलब जो है लोगों का साथ देते हैं तब भी आपका शनि बहुत बेकार रहेगा तो आपको उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले तो लेबर क्लास के चेहरे पर स्माइल दीजिए मान लीजिए उनकी मजदूरी तीन सौ है तो आप उनको तीन सौ दे दीजिए दस रुपये में क्या आपका बन जाएगा तो दस रुपये एक्स्ट्रा पाएंगे तो खुश होंगे उनके चेहरे पर जो इस्माइल आएगी ना आपके शनि को वो मजबूत करेगी दूसरा एक योग बताना चाहेंगे कि शनिवार वाले दिन आपको लोहे की कढ़ाई में कोयले में जो है आप गैस चूल्हे पर भी बना सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चूल्हे पर खास करके जो कोयला जला करके चूल्हा जलाया जाता है तो आपको लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में और काली माह की जो साबुत दाल होती है काली उड़द जो होती है इसके आपको बड़े बनाने हैं और ये कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग जो है जाकर के बाटिए धर्मस्थान के बाहर किसी मंदिर के बाहर और कुछ जो है जो बड़े हैं वो गाय के लिए कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकालिए यकीन मानिए दर्शकों शनि देव आपके स्ट्रांग होंगे दूसरा दर्शकों रुद्रपाठ का आप लोग आज पाठ कर सकते हैं जिनकी भी शनि की ढैया चल रही है शनि की साढ़े चल रही है खास करके वृश्चिक धनु मकर राशि वालों तो आप लोग रुद्रपाठ जरूर करिए गूगल से आप लोगों को मिल जाएगा ये आप लोग कर सकते हैं दर्शकों वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है दूसरा दर्शकों अंक ज्योतिष के अनुसार भी हमारे सारे राशिफल पड़ चुके हैं एक हम नई सीरीज दर्शकों निकालने वाले हैं प्रतिदिन यदि आप लोग राशिफल देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देखिए यदि आप लाइक करते हैं इस वीडियो को यदि आप शेयर करते हैं तथा कमेंट करते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस कमेंट करिए अपने प्रश्नों का आप उत्तर जो है वहाँ पर जो है हम आपको देंगे आपके जो भी प्रश्न है आप उसको पूछिए और नेक्स्ट डे के वीडियो में किन्हीं दो भाग्यशाली विजेताओं के कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करके अपने इसी राशिफल के चैनल पे उसको हम लोग जो है इंक्लूड करेंगे और उपाय भी बताएंगे तो फटाफट दर्शकों आप लोग इस वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए इस वीडियो में जो है शेयर का ऑप्शन है इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पेज पर शेयर करिए और दूसरा दर्शकों कमेंट करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस और जो भी आपके प्रश्न हैं जीवन में बाधाएँ आ रही हैं आप पूछिए आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उसका निदान भी हम नेक्स्ट डे देंगे और वो जो दो लकी जो है जो हमारे विजेता होंगे उनको हम अपने इस प्रोग्राम में जो है उनके प्रश्नों के उत्तर को शामिल करेंगे मेष राशि की ओर बढ़ते हैं क्या कुछ कहता है मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन तो आज का दिन आपका सामान्य रहेगा आज आपके मन में कुछ ना कुछ टिकड़मबाजी जरूर रहेगी किसी दूसरों के साथ आज आप कोई जो है चीटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे छल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोशिश कीजिएगा ऐसा मत करिएगा आज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन रहने वाला है स्टूडेंट उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं कार्य व्यवसाय बिना किसी की सहायता के चलाना मुश्किल होगा यात्राओं का योग बन है व्यवसाय में आज किसी सौदे के अंतिम क्षण में पहुंचने पर अचानक निरस्त होने से मन आपका बहुत ज़्यादा निराश होगा दोपहर बाद आकस्मिक धन लाभ होने से राहत मिलेगी नौकरी वाले लोगों को आज कुछ ना कुछ परेशानी बनी रह सकती है आज घर में शाम के बाद सुख शांति लौटी हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए का नमः सिवाय मंत्र की एक सौ तो आठ बात आज आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ अगली राशि आती है हमारी वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों आज का दिन सरकारी अथवा अन्य खासगी कार्रवाई के लिए उत्तम रहने वाला है सरकारी कार्य आज थोड़े से परिश्रम से आपके जो है आशाजनक परिणाम देने लगेंगे लेकिन किसी की सहायता आज आपको जो है करनी रहेगी और उस सहायता से आज आपका मान सम्मान रुतवा समाज में बढ़ेगा कार्य व्यवसाय में भी आज प्रयास करने पर सरकारी पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है धन की आमद मध्यान्हन तक उत्तम रहेगी इसके बाद कुछ समय के लिए रुकावटें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं आज महिलाएं है संतानों अथवा अन्य घरेलू उलझनों के कारण थोड़ी परेशानी में आ सकती हैं संतान आपके कहने के अनुसार आज नहीं चलेगी नौकरी पैसा जा तक अधिकारियों के कृपा पात्र बने रहेंगे आज अधिकारियों से आप लोग अपने काम आसानी से निकलवा सकते हैं जो कोई वयोवृद्ध हैं पितामाह हैं वरिष्ठ नागरिक हैं इनको आज जो है कुछ अचानक से धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा दशरथ पे शनि स्रोत का पाठ करिएगा और शाम के समय पीपल के वृक्ष पर एक चौमुखी दीपक जरूर जलाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो मिथुन राशि जयमिनी आज का राशिफल क्या कहता है तो आज के दिन आपको परिश्रम का उचित फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कार्य व्यवसाय में थोड़ी मेहनत के बाद उत्साहजनक लाभ मिलेगा सहकर्मी आज आपसे कुछ ईर्ष्या करेंगे लेकिन आपकी दिनचर्या एवं व्यक्तित्व तो पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा कुछ दिनों से चली आ रही धन संबंधी उलझने शांत होती हुई दिखाई पड़ रही हैं मन इच्छित कार्यों पर खर्च कर सकेंगे फिजूल खर्ची से आज आपको बचना रहेगा आज कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको जो है आपके मित्र या आपकी पार्टनर देते हुए दिखाई पड़ रही हैं आज का दिन पारिवारिक स्थिति में छोटी मोटी जो है तो तुम्हें रहेगी इससे आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास करिएगा इस सुंदर का आप लोग पाठ करिए शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा शुभ तो शांत और राहत देने वाला रहेगा दिन के आरंभ में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कार्यो में बाधा डालेंगी व्यवसाय में आज प्रयास करने पर भी हानि को नहीं रोक पाएंगे अधिकांश कार्यो में आज किसी अन्य के ऊपर आपको आश्रित रहना पड़ेगा लेकिन जिसके ऊपर आश्रित रहेंगे वह भी कुछ टालमटोल करेगा उदासीनता आज आपके मन पर हावी रहेगी, धर्म कर्म के प्रति आज आपकी आस्था बढ़ेगी पूजा पाठ के समय आज के जो है आपका मन बहुत ज्यादा जो है भटकेगा तो कोशिश कीजिएगा कि एकांत चित्त होकर के पूजा पाठ करिए शाम के समय आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इनसे निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आपके सेहत में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है परिवारजनों का व्यवहार आज का जो है जो दिन रहेगा थोड़ा सा आपको हट कर सकता है दिल दुखाने वाला रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर जल में काला तिल डाल करके अभिषेक करिए और नम शिवाय मंत्र की एक बार आपको जाप करना है शुभ रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा सिंह राशि लियो क्या कुछ कहता है प्रयास अधिक करना पड़ेगा सरकारी कार्यों में जोड़ तोड़ करके सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्यक्षेत्र पर आज आपका दबदबा रहेगा विरोधी आपके आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सहकर्मियों से बीच में मतभेद होंगे लेकिन निराकरण भी आपको तुरंत मिलेगा आज घरेलू सुख भी उत्तम रहेगा सुख सुविधा जुटाने पर खर्च करेंगे लेकिन बाहर के खान पान में संयम रखिएगा अन्यथा जो है पेट में गैस वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है घर के कोई बुजुर्ग आज, आज आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज, आज आपको कोशिश ये करनी है कि हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और आज सूर्य के समक्ष 21 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा, ये रहेगा ये पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक दर्शकों फटाफट देखिए आप लोग लाइक कीजिए कोई भी आपके प्रश्न है आप भी लकी विजेता वो हो सकते हैं जो दो लोगों का विश्लेषण हम करेंगे तो आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप लोग अपनी डेटा ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस इस वीडियो को लाइक आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को देखिए शेयर भी आपको करना होगा तो कन्या राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए खतीला साबित होगा रिश्तेदारी के साथ ही घर वालों की जिद पूरी करने में धन खर्च होने पर बजट गड़बड़ाएगा आज आपकी मनोरंजन की प्रवृत्ति रहने के कारण भी मौज और शौक एवं सुख सुविधा जुटाने पर अनावश्यक खर्च करेंगे कार्य क्षेत्र पर आज आप ज़्यादा गंभीर नहीं रहेंगे फिर भी व्यवसाय से रुक रुक कर धन लाभ होता रहेगा दोपहर के बाद बनते कामों में अड़चने आने लगेंगी कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आज आपको हानि पहुंचाने के प्रयास करेंगे स्त्री के सहयोग से आज परिस्थिति को सामान्य बनाए रख सकते हैं शाम के बाद दिन भर की गतिविधियों से आज आपको संतोष रहेगा व्यापार में धन लाभ दिखाई पड़ रहा है कॉम्पिटेटिव जो तो स्टूडेंट हैं इनकी आज यात्राएँ रहेंगी किसी पेपर में प्रतिभाग करने के लिए यात्रा होती हुई दिखाई पड़ रही उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का व दुर्गा जी के बत्तीस नामों का पाठ करिए कोशिश कीजिएगा दसरथ शनि स्त्रोत भी आप लोग पढ़ लीजिएगा शाम को एक तिल के तेल का दीपक और जो शनि से रिलेटेड हमने प्रयोग बताया है ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो लिब्रा तुला राशि क्या कहता है आज का राशिफल तो तुला राशि के जातकों आज के दिन आप अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही प्रेसराइज होते हुए जोर डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अनिर्णायक स्थिति रहने के कारण नौकरी वाले लोगों को अति आत्मविश्वास के कारण कार्यो में हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है व्यवसाय वर्ग भी आज लापरवाही करेंगे जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था फैलेगी जिसे आज सुधारना बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पारिवारिक स्थिति भी समय से मांग पूरी ना कर पाने पर खराब होगी आज जीवनसाथी के साथ आपकी तुतुम में हो सकती है झुषुम शुम हो सकता है संतान सुख कम रहेगा और आज उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले मौन व्रत धारण कर लीजिएगा देखिए तो मौन कई चीज़ों को होने से रोक लेता है तो मौन व्रत धारण करिए दूसरा दर्शक को करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए आज आप लोग रुद्राष्ट का पाठ करिए और भगवान भोलेनाथ पर आज दूध में केसर डाल करके अभिषेक करिए तो कई जो स्थितियां हैं ये अपने आप रुक जाएंगी यदि आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो जीवन साथी के साथ तो मौन जरूर आज रहिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ इस वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो आज का राशिफल क्या कहता है तो आज का दिन आपको शांति से बिताने की सितारे सलाह दे रहे हैं पराए काम अथवा धन से दूरी बना रहें आज परोपकार के बदले आपको अपशब्द सुनने को मिलेंगे कार्य बहुत अच्छा करेंगे लेकिन आपको अपय मिलेगा लोग आज, आज आपसे स्वार्थ का संबंध रखेंगे काम निकल निकालने के बाद आपसे मुंह मोड़ लेंगे आज पहले अपने उलझे कार्यों को सुलझाएं बाद में ही किसी अन्य कार्यों को देखें आर्थिक दृष्टिकोण से दिन निराशाजनक रहेगा आय ना के बराबर रहेगी परंतु खर्च रोकने पर भी बढ़ करके आपके पैसे खर्च होंगे कार्य क्षेत्र पर नए सौदे मिलेंगे लेकिन इन पर कार्य अतिशीघ्र आरंभ कर दें तो ठीक रहेगा अगर लापरवाही करते हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले हैं ये हाथ से निकल सकते हैं लंबी यात्राओं की योजना अधर में रहेगी आज आप आराम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और धार्मिक यात्राओं का योग योग भी बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है कोशिश कीजिएगा शाम के समय तिल के तेल का एक दीपक जलाइए और शाम को ही पीपल के वृक्ष पर जल में मधु डाल करके आपको अभिषेक करना रहेगा दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ प्रातःकाल और संध्या के समय दोनों समय आपको करना रहेगा और शनि के वैदिक मंत्रों का आप लोग इक्कीस बार जरूर प्रोनशिएशन करिए उच्चारण करिए सर्जिटेरियस लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों शुभ कलर क्या है आपके लिए तो आज आपके लिए देखिए स्काई ब्लू कलर शुभ रहेगा और तीन नंबर शुभ अंक रहेगा धनु राशि सैनिटाइजर आज का राशिफल क्या कहता है तो आज आपका दिन लाभदायी रहेगा बीते कल के अधूरे काल आज पूर्ण होने से धन की आमद रहेगी नौकरी पेशा लोग भी आपके कार्य से प्रोत्साहित होंगे दूसरों के जो है आज, आज आप वाद विवाद में मत कूदिएगा अन्यथा आज आप लोग कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं आज पड़ोसियों के साथ टूतु मई -में, में बात भी बात हो सकता है सरकारी कार्यों में आज ढील ना दे अन्यथा लंबे समय के लिए लटक सकते हैं धार्मिक कार्यों में रुचि होने पर भी उपयुक्त समय नहीं निकाल पाएंगे शाम संध्या के बाद का समय आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगा आसपास का वातावरण क्रोध दिलाने वाला बनेगा ना चाहते हुए भी आज किसी से आप लोग झगड़ सकते हैं और कोई कानूनी पटड़ों में फंस सकते हैं आपके घर में जो महिला है चाहे माता हों चाहे स्त्री हो इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और किसी अपंग व्यक्ति को विकलांग व्यक्तियों को आपको मीठा कुछ खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक मकर राशि कैप्रिकॉन आज का राशिफल क्या कहता है तो आज के दिन व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी व्यावसायिक कारणों से भी आज यात्रा के योग बनेंगे परंतु अंत समय में निरस्त भी हो सकते हैं यात्रा होने पर भी लाभ की जगह खर्च बढ़ेगा कार्य क्षेत्र पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें कागजों को संभाल कर रखें अन्यथा गुम हो सकता है सरकारी कार्य आज ना करें ना ही आज किसी से कोई वादा करें अन्यथा नई मुसीबत आज आपके गले पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है धन लाभ के लिए आज मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ेगा आज का दिन इनकम के मामले में बड़ा बेचार रहने वाला है आज आपके पैसे खर्च होते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कोई एक्सपेंसिव चीज आज आप लोग अपने घर पर ला सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा श्री शुभक्रम का आप लोग पाठ करिए दुर्गा जी के 32 नामों को आपको पढ़ना रहेगा और आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्लैक कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार एक्वायर्स कुंभ राशि क्या कहता है आज का राशिफल तो आज के दिन आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा व्यवसायी वर्ग व्यापार में विस्तार करेंगे जिसका लाभ भी शीघ्र ही मिलता दिखाई देगा लेकिन दर्शकों एक बात बताएं आज आपको कोई वाहन इत्यादि से चोट लग सकती है भय है आज किसी धारदार हथियार से भी आपको चोट लग सकती है तो इससे आपको बचना रहेगा आज देखिए आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी दिन के सभी कार्यों में फायदा जो है नहीं हो पाएगा कुछ कार्यों में आज आपको हानि होगी वहीं शाम में कुछ कार्यों में आपको लाभ होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे छात्र उनके लिए आज का दिन कुछ ठीक रहेगा संतोषजनक रहेगा आज आपके घर में महिलाएं बीमार पड़ सकती हैं सेहत के मामलों में जो है दिन ठीक नहीं रहेगा परिवार में किसी के हाथ कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जिसके कारण मन आज आपका बहुत ज़्यादा खिन्न रहेगा तो उपाय क्या करना रहेगा देखिए आज कोशिश कीजिए विष्णु सह स्नान का आप लोग पाठ करिए दूसरा दर्शकों को करना ये रहेगा नहाने के पानी में आज थोड़ा सा आप लोग जो है तिल का तेल होता है दस बूंद आप लोग डालिए और स्नान करिए तीसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले मीठा खा करके निकलिएगा और जो हमने दिशा सूल के बारे में स्टार्टिंग में उपाय बताया वो आप लोग जरूर करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः अंतिम राशि पर चले लेकिन दर्शकों फटाफट लाइक जरूर कीजिए कमेंट कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता करके कोई एक क्वेश्चन पूछिए हो सकता है वो लकी विजेता आप ही हो तो मीन राशि के जातको आज का दिन आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अशुभ रहेगा सेहत में दिन भर उतार चढ़ाव लगा रहेगा कार्य व्यवसाय आर्थिक कारणों से मानसिक अशांति रहेगी आज जो महिलाएं हैं पेट कमर एवं अन्य शारीरिक अंगों में जो है थोड़ा सा आकड़न रहेगी दर्द से परेशान रहेंगी कार्य व्यवसाय पर धन लाभ तो रहेगा लेकिन व्यर्थ के खर्चे बढ़ने से तुरंत खर्च भी हो जाएंगे मतलब एक तरफ आपका पैसा आएगा और दूसरी तरफ जाएगा यात्रा की योजना टालना बेहतर रहेगा खर्च के साथ दुर्घटना के भी योग हैं घर में भी उपकरणों पर सावधानी से कार्य करिए उपकरण क्या है ठंडक का मौसम आ गया है गीजर से आप लोग नहाते हैं तो प्लग बाहर निकाल लीजिए दूसरा आप लोग अपने बच्चों को भी देखिए कि कोई मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के आसपास बहुत ज़्यादा जो है वो लोग शैतानी मत करें अन्यथा कोई आज जो है चोट इत्यादि भय हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक भय होने की जो है संभावना बिजली से कोई आपको करेंट इत्यादि भी लग सकती है पूजा पाठ में आज, आज आपका मन कम लगेगा तंत्र मंत्र के रहस्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा ज्योतिष और आध्यात्मिक की ओर आज आपका झुकाव बढ़ेगा लेकिन पूजा पाठ में मन ही लगेगा उपाय क्या करना रहेगा तो नारायण कवच का आज आपको पाठ करना रहेगा दूसरा दर्शकों सुंदर कांड की 21 चौपाइया आप लोग जरूर पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात तो दर्शकों ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन हमारे इस वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करना ना भूलिए दर्शकों आप लोग भी अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर पूछिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार